हाथी जाओ, जाओ बैठते जाओ चलो आज पे जो करके वापस साल में पहुंचे आप लाइव हाथी जाते जाओ बैठते जाओ एक भी शुरू होगा थोड़ी चलो आ <laughs> मं Ya iktis kaya तो साहेब धर्मो पण मोठा फाडूपणाची पण सगळे कोणी सगळे खणा किती किती पास हं पास जमन आता मी तो बोलणार तर अरे आजवर चार दिन हं जरा कामाची तरी पाहिजे जरा नाही की जरा कामाची मी तो बघू ना जरा हाती ना हो युट्युब वर dica देऊ हां थोडीशी लार चालू दे कावळ दी तीर्थाश्व शिव निरंतु मृत्याणगत पोत महापुर यदा अब इंग्लैंड इंग्लैंड अब ते मोबाइल मोबाइल देखो खेमाराम okay, खाती बस तो देख और है लाल तो बटन भी दाग नाम खाने तो की करो आरता शिथिला नारायण सत्यना सुखी नो भवती प्रदृश्य संीवयत शक्तिधर हों सहसा